वेलकम बैक टू अंदर गेम पहले वीडियो आज की इस वीडियो में बहुत ही बैड न्यूज मिलेगा क्या बताओ क्या बोलने को तो मन नहीं करता क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर में फ्री फायर मैक्स बैन हो रहा है फिर तो हमें क्या बताने क्या बोलूँ भाई कुछ समझ में नहीं आता बैन हो जाएगा तो हम खेलेंगे क्या तो आज की इस वीडियो में हम बताएँगे कि बैन होने का रीज़न तो बैन होने का रीजन ये चाइनीज गेम, गेमिंग से थोड़ा इसका लिंक जुड़ा था इसीलिए बैन कर दिया इंडियन सर्वर में इसके बाद इसके बाद फ्री फायर मैक्स कब आएगा बहुत आदमी को यही सवाल होगा तो मैं बता देता हूँ जैसे PUBG बैन हुआ था तो प्ले स्टोर पर बी आ गया इसी तरह फ्री फायर मैप्स बैन हुआ तो कोई ना कोई गेम आएगा जरूर नाम बदल के लेकिन काम ऐसा ही है चलेगा गेम सब लेकिन नाम बदल गा गा तो के आगे गैस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब आपको भी लॉगिंग प्रॉब्लम है नेटवर्क प्रॉब्लम आता है तो कॉमेंट करके बताइए ये ठीक नहीं हो सब थोड़ा बहुत बी से चल जाएगा लेकिन फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा ये ठीक नहीं होगा कितना भी यूट्यूबर बताएगा ठीक नहीं होगा जल्दी ये चलने वाला नहीं है आप क्योंकि बैन हो गया प्लीज भाई ऐसे न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टार एन गेमिंग को प्लीज भाई